Go after the things you want. The कहानी मुझे किया मैंने रात को। तो के अंदर क्या होता है आजकल कुछ रोड रनर ऑर्गेनाइजेशन है जो वो रेस ऑर्गेनाइज करती है सैटरडेज एंड संडे साइकिल रेस होती है सुशांत लोक और इधर उधर दाय कुछ स्टॉल टब। टब तो जो लोग रेस खत्म कर लेते हैं या पूरा जब क्लोजर हो जाता है तो वो सब ऑर्गेनाइज करती है रोड ऑर्गे और तो जब वो मैं और मेरा फ्रेंड सुबह सुबह पहुंच गए तो रेस वेस करने के बाद जब वो पूरा खत्म हो गया तो मैंने कहा चल लेके आते हैं कुछ खाने का हम तो है पोकट में मिले साला काय को छोड़े तो मैंने उसको बोला जय चले यार हम क्या बोलते हैं वो लेते हैं यार बोला मुझे लाइन में लगना नहीं मुझे एक बात समझ में आई दोस्तों मुझे जो चाहिए था वो मुझे दिख रहा था और उसको वो दिख रहा था जो उसको चाहिए था लेकिन उसको चाहने में जो चीज रुकावट पैदा करती थी उसको वो नजर आ रहा था मुझको वो नजर आ रहा था जो मेरे को दोनों में फर्क है वो वो देख रहा था जिस चीज से उसको जो चाहिए वो रोक रहा था और मैं वो देख रहा था जो मुझको दोनों के पास एक ही थे, एक ही कंडीशन थी। मुझको केला दिखाई दे रहा था साले को लाइन। दोनों रेस करके आए थे मेरे को दिख रहा और फिर क्या हुआ फाइनली वो नहीं गया और फाइनली मैं नीचे से घुसा हाथ हाथ मारा लाइन जरूर थी मुझे पता है। मारा लेसन बड़ा सिंपल है कुछ लोगों को जो चाहिए उससे पहले वो नजर आता है जो वहां तक पहुंचने से पहले ऑब्स्टिकल होते हैं और कुछ लोगों को सिर्फ वही दिखता है जो उनको चाहिए होता है तो आपको ऑब्स्टिकल नजर आ रहे हैं और मेरे को वो नजर आ रहा है जो मुझको और मेरे को तो एक बात समझ में आती है कि चाहिए ही नो अरे मैंने उसको बोला लाइन की ऐसे घुस के निकाल लेते ना मारेगा मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप रूल फॉलो करें लाइन में लगे मैं कह रहा हूँ जो चाहिए वो ले लो बस मैं कब कह रहा हूँ रूल फॉलो करो मैं कब कह रहा हूँ लाइन में लगो अरे भाई जो चाहिए एटलीस्ट वो वो रूल फॉलो करने के चक्कर में रह गया और मैं अपना दो केले मस्त ले मुझे याद आया की जो चाहिए होता है वो आदमी ले ही लेता है जो साले को चाहिए